मुझे पता है अभी आप लोग बहुत ज्यादा सैड होंगे गाइज लेकिन मेरा यकीन करो चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि फ्री फायर अभी जल्दी अनबैन होने वाला है गाइज oh! मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मेरे पास ऐसे कुछ प्रोफ्स और आर्टिकल है जिससे आप भी मेरा यकीन करोगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टॉपिक व्हेन पता ही है कि अभी के में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड गेम्स है मतलब उसके वन बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है और जहाँ तक मुझे पता है कि उसके 300 से 400 मिलियन डाउनलोड्स बस इंडिया और के और थ्री 300 से 400 मिलियन डाउनलोड्स, गाइज ये कोई मजाक नहीं है गाइज इसका मतलब प्रिफार इंडिया से ही बहुत ज्यादा करता है गायस इसका मतलब तो यही होता है कि फ्री फायर के इतने ज्यादा डाउनलोड होने के बाद भी जो बैन भी अगर हो गया तो गायब कैसे भाई कैसे चलेगा तक कि अभी के टाइम पे भी सारे न्यूज चैनल पे भी आ रहा है अनबैन भी, भी, भी, भी हो जाएगा थोड़े दिनों में मतलब एक मीटिंग भी चला था गायस थोड़े दिनों पहले मतलब जो सी कंपनी और वो कुछ है उनका कुछ चला था मीटिंग वगैरह तो इतना कुछ निकल के आ रहा है और गाइज में इतने क्यूँ कह Free Fire अभी अनबान होने वाला है क्योंकि गज गरीना ने ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दे दिया है गज यूट्यूब पर आपको इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे आप वो भी वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो और गज तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या था उस स्टमेंट में गरीना ने एक स्टेटमेंट लॉन्च किया था गैस जिसका मतलब उसमें गैस लिखा हुआ था कि फ्री फायर मतलब फ्री फायर चाइना को, को कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है जिसकी वजह से फ्री फायर बैन हुआ है गैस फ्री फायर बैन की हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि फ्री फायर मतलब जो प्लेयर्स की जो इफॉर्मेशन है वो चाइना को शेयर करता है पर गाइज मतलब गरीना ने यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वो गरीना को मतलब वो चाइना को ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है शेयर डेटा लीक हो रहा है गाइज आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो अच्छे से ठीक है मतलब समझ रहे हो मतलब नहीं भी समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं मैं आपको आगे भी समझाऊंगा लेकिन गार्ज तब तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करने के बाद में चाइना को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दे रहा ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फ्री फायर के आप मेरे को सब्सक्राइब करके बेल नोटेशन को भी कॉल पर कर सकते हो और बस क्या ही बोलूं लेट्स होगा और मतलब उसका एक मेन रीजन है कि वो बैन क्यू आन रीजन ये की गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, मतलब है कि की फ्री फायर मतलब हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइना को शेयर करता है और फ्री फायर ने तो अपने स्टेटमेंट भी कर दिया है कि वो मतलब ऐसा कोई कोई डाटा वगैरह शेयर भी नहीं करता है चाइना को तो अभी गाय करो अभी मतलब फ्री फायर जल्दी मुझे तो लगता है बैन हो जाएगा इससे रिलेटेड अगर मुझे कोई अपडेट मिलता है तो मैं फटाफट से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय